तू नहीं जो इन लबों पे एक शिकायत रह गई है तू नहीं जब करना था तो पास क्यों लाया बना खुदा कभी तुझे भी तो प्यार होगा खुदा जुदा तिरया